एक बहुत ही बड़ा तूफान आया थे दीव में साइक्लोन टाउ पे हवा का फोर्स इतना था कि हम दरवाजा बाहर खोल ही नहीं पा रहे थे घर के बाहर जो डॉग्स ना पूरे के रो रहे थे और हमने सबको रूम रूम में में रूम में में हॉल स्टडी बंद किया था। यह 23 साल की जिग्ना जो भारत के एक टापू दीव में रेनबो एनिमल एड चलाती है जहां वो जानवरों का रेस्क्यू उनकी ट्रीटमेंट और उनकी अडोप्शन करवाती है साथ ही स्पे न्यूटर कैंप भी चलाती है मैं जब बड़ोदरा जो एक शहर है वहाँ से अपनी पढ़ाई खत्म करके डीव वापस आई तो मेरे साथ चार अडोप्ट रेस्क्यू की हुई मेरी खुद की बिल्लिया थी तो यहाँ अगर फिर पता चला समय के साथ कि उनको मेडिकल अटेंशन के लिए भी इधर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी वैक्सीन के लिए भी और ब्लड टेस्ट के लिए भी हमको नज़दीक से नज़दीक चार घंटा जूनागढ़ ट्रेवल करके जाना पड़ता था इसी मकसद से हमने रेनबो एनिवलाइज स्टार्ट किया दीव में जिगना अपने एरिया की एक लौती एनिमल रेस्क्यूर है जो अपने परिवार और कुछ दोस्तों की मदद से इस काम को अंजाम देती है लेकिन हर रेस्क्यूर की तरह इस काम को करते हुए जिग्ना के हिस्से में भी कई परेशानियां हैं मेडिकल अटेंशन हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास वेट नहीं है और नज़दीक में भी कोई एक्सपीरियंस वेट नहीं है जो सर्जरी परफॉर्म कर सके यहाँ के टापू के जो देसी एनिमल्स है उनका अडॉप्शन करवाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे लिए आज मेरे स्टडी रूम में छब्बीस से ज्यादा बिल किया और मेरे पार्किंग में और जो हमारा फ्राउंडिंग हाँ है पे दस बारह डॉग्स हैं और ये सारी अपने अपने घरों के लिए वेट कर रही है मैन पावर हमारे पास नहीं है ज्यादा लोग अगर आगे आएंगे तो हमारी बहुत ज्यादा मदद होगी अकेले फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के के। साथ एक से ज्यादा करना मुश्किल हो जाता है, बिना किसी फैसिलिटीज बेजुबानों को बचाने के जिगना के इस प्रयास में आप भी उनकी किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं और जिगना की कहानी दूसरों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं